प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है चौहान ने कृषि क्षेत्रों में विकास के मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरते हुए एक और सवाल का जवाब मांगा है और कहा कि वादे करना और भूल जाना जनता को भ्रमित करना ये कांग्रेस और कमलनाथ का काम रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेर लिया है चौहान ने कहा मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है झूठे वचन पर ही उन्होंने पिछली बार वोट मांगे थे और कोई वचन पूरा नहीं किया मैं आज उनके ही वचन पत्र का एक और वादा उनको तो नहीं लेकिन जनता को याद दिला रहा हूं। उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा था कि 200 से लेकर 500 हेक्टेयर विशेष कृषि किए जाने के साथ एक ही स्थान पर कृषि उपकरण सिंचाई विद्युत बीज उपकरण मिट्टी परीक्षण ग्रेडिंग भंडार की सुविधा देने और इन क्षेत्रों को मंडी कर से मुक्त कराने का वादा कमलनाथ जी और कांग्रेस ने किया था और अब जनता पूछ रही है की यह वादा पूरा क्यों नहीं किया सीएम ने कहा झूठे वादे करना और भूल जाना जनता को भ्रमित करना कांग्रेस और कमलनाथ का काम रहा है वहीं इस दौरान चौहान ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पर रखी हुई है करते हैं और होल्ड कर देते हैं और बहुत जल्द जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर ही रखने वाली है मैं फिर पूछ रहा हूँ और कह रहा हूँ कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है झूठे वचन पत्र पर ही उन्हें पिछली बार वोट मांगे थे और कोई वचन पूरा नहीं किया मैं आज फिर उनके वचन पत्र का एक वादा अब उनको तो क्या जनता ही को याद दिला रहा हूं इन्होंने कहा था कि 200 से लेकर 500 सौ विशेष कृषि प्रक्षेत्र विकसित किए जाने के साथ एक ही स्थान पर कृषि उपकरण सिंचाई विद्युत बीजोपचार मिट्टी परीक्षण ग्रेडिंग भंडारण की सुविधा देने और इन क्षेत्रों को मंडी कर से मुक्त करने का वादा कमलनाथ जी आपने और कांग्रेस ने किया अब जनता पूछ रही है कि यह वादा पूरा क्यों नहीं किया कमलनाथ ने झूठे वादे करना और भूल जाना झूठ बोलना और जनता को भ्रमित करना ये कांग्रेस का काम रहा है कमलनाथ जी का काम रहा है। श्री राहुल गांधी और श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पर रखी हुई है इस समय करते हैं और होल्ड कर देते हैं और जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर ही रखने वाली है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें